नमस्कार मिथिला मैं हूं प्रणव मिश्रा इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस से प्रणब लाइफ दरभंगा स्टूडियो स्टूडियो वाली तमाम काम उपलब्ध इस कोरोना काल के बीच बीस कॉपी आरोप दस की छूट छोटो कॉम्पी प्रति पेज मात्र एक रूपए नंबर सेवन बिहार लॉकडाउन न्यू गाइडलाइंस बिहार में लॉकडाउन के विस्तार पर अहम फैसला आज कुछ सख्ती के साथ मिलेगी कुछ छूट ग्रामीण इलाकों में सफ्ती सदी शादियों और श्रद्धा की बनेगी रिपोर्ट व्हाट्सऐप ग्रुप पर बीमार ग्रामीणों की सूचना रहेगी मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची के उत्पादन पर कोरोना का असर पसल की बर्बादी और नुकसान ऐसी परेशान है किसान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र कहा निर्वाचित और जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीनना चाहते हैं आप गांधी सेतु आरोप आज हाजीपुर ऐसी पटना नहीं आएंगे वाहन पुलिसकर्मी तैनात कोरोना के तीसरी लड़का भव्य स्वागत जमकर जश्न मना रहे हैं लोग वीडियो वायरल पप्पू यादव की के लिए महिलाएं भी सड़क पर उतरी दरभंगा में दी गई उग्र आंदोलन की चेतावनी सुनारी नरसंहार में हाईकोर्ट के फैसले से बिहार सरकार असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा बैंक अलर्ट रविवार दोपहर तक बंद रहेंगी एनई सेवा आरबीआई बी आई ने बधाई दूसरी सेवाएं रहेंगी जारी बिहार में पच्चीस मई के बाद बढ़ सकता है लॉकडाउन सीएम नीतीश जल्द देंगे फैसला नमस्कार मिथिला आगे आप सभी को विस्तार ऐसी खबर दिखाएंगे मिलते हैं छोटे ऐसी ब्रेक के बाद दादा, कितना हो? हो गए। आगे बड़ा, आगे आगे। जल्दी करो नो पार्किंग है जल्दी हाँ। जल्दी जल्दी। कर। लास्ट ओवर है। में। जल्दी करो जल्दबाजी जल्द में भी गूगल पे बिना यू पिन के पेमेंट नहीं होने देता एक सांस लेकर पूछ लेता है बासुदा पक्का ना दादा उन्यासी माने सेवेंटी नाइन अभी मैं फ्री दे देता मैं जल्दी करता है जल्दबाजी नहीं निश्चिंत हो सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ डाउनलोड गूगल पे नमस्कार मित्र आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे बिहार में लॉकडाउन के विस्तार पर अहम फैसला आज कुछ सख्ती के साथ मिलेगी कुछ छूट बिहार में आज लॉकडाउन का विस्तार कर इसके तीसरे चरण को लागू किए जाने आरोप फैसले की एक संभावना है हालाँकि लॉकडाउन के तीसरे चरण की गाइडलाइन में कई किस्म के बदलाव देखने को मिल सकते हैं फिलहाल किराना दुकान दूध सब्जी और कृषि से जुड़ी कुछ दुकानें को सुबह के वक्त केवल चार घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है दुकानदार चाहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाया जाए खासकर शहरी क्षेत्र के दुकानदार इसमें बदलाव के लिए सरकार ऐसी मांग कर रही है शहरी क्षेत्र में सुबह दस बजे ऐसी ही दुकान बंद कर दी जा रही है ऐसा माना जा रहा है की सरकार इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधों की शक्ति बढ़ा सकती है कोरोना की तीसरी लहर का भव्य स्वागत जमकर जश्न ना रहे लोग वीडियो वायरल कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से भीड़ ना लगाने की अपील की जा रही है क्योंकि इससे वायरस के फैलने का खतरा रहता है लेकिन इन लोगों को देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि इनके लिए कोरोना है ही नहीं इस पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है आलम यह है कि महामारी लगातार बढ़ती जा रही है खासकर कोरोना के दूसरी लहर के कारण हर दिन लाखों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है लिहाजा लोगो में काफी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो मानो ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की तीसरी लहर का भव्य स्वागत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजे ले रहे हैं मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची के उत्पादन पर कोरोना का असर फसल की बर्बादी और नुकसान से परेशान है किसान देश से लेकर विदेश तक धूम मचाने वाली लीची का उत्पादन खराब मौसम की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है हर साल की अपेक्षा उत्पादन काफ़ी कम होने से विक्रेता और खरीदार दोनों ही मायूसी हैं जो थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से किसानों को उसके लिए खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से उत्पादित की जाने वाली लीची देश और विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है लेकिन दूसरे शहरों से आने वाले खरीदार न पहुंच पाने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है लॉकडाउन लागू होने के कारण बागान से लीची बाजार तक पहुंच पा रही और न ही बाहर के व्यापारी लीची की खरीदारी के लिए बागान तक पहुंच पा रहे हैं जिसके कारण लीची उत्पादक किसानों को लीची का तो उचित मूल्य मिल पा रहा है और न ही लीची की सही तरीके से खपत हो रही है लीची का उत्पादन करने वाले किसानों का कहना है की दो साल से लीची बाहर नहीं जा पा रहा है इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है कुछ किसानों ने कहा कि अब तो घाटा इतना ज्यादा हो गया है कि जर खाने तक की नौबत आ गई है बिहार में 25 मई के बाद बढ़ सकता है लॉकडाउन की अंतिश जल लेंगे फैसला बिहार में लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। लॉकडाउन की अवधि के, के, के में संक्रमण दर में काफी कमी आई है इसके सकारात्मक असर से राज्य सरकार उत्साहित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा की इस पर फैसला आरोप आपदा प्रबंध समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा की इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में पच्चीस मई तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है जनता गाइडलाइन का पालन कर रही है इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ कमी आ रही है 25 मई के आगे लॉकडाउन के संबंध में हम लोग जल्द फैसला लेंगे मुख्यमंत्री ने शनिवार को बिहार वासियों से अपील करते हुए कहा कि इसके पूर्व मैंने आप सभी को संबोधित किया है बिहार में कोरोना के बारे में जानकारी दी है अब दुनिया में और देश भर के अन्य लोगो की तरह बिहार वासी भी कोरोना ऐसी जूझ रहे हैं बिहार में जाँच की संख्या बढ़ाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलन आर टी वैन को रवाना किया गया है से कोरोना में जांच की गति और बढ़ेगी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज की ट्रैकिंग हिट कोविड नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है इस व्यवस्था में स्वास्थ्य टीम द्वारा नियमित तौर पर घर घर जाकर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल एवं शरीर का तापमान लिया जा रहा है नमस्कार मिथिला आज के लिए बस नई फिर दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए साथ आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करे खर विज्ञापन के लिए संपर्क करेंस टू फॉलो करे हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करे हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप इस सब का लिंक तो घर से बाहर निकले अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइज लेकर निकले और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा दो गति दूरी बनाए रखें जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे आज के लिए बस नहीं देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज नमस्कार मिथिला